तो हम अगर बात करें हिस्ट्री से आपका दो क्वेश्चन एस एस के लिए ठीक है हिस्ट्री से दो क्वेश्चन आपका और ज्योग्राफी एक टारगेट है प्लस माइनस वन कहीं भी हो सकता है, है, है? टारगेट रखना तीन ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे तीनों फॉर्मेट से कहीं से भी मिले ठीक है क्या बोलेंगे तीन ही क्वेश्चन मिलेंगे गुरु जी भारत दो बार जीता नहीं प्यारे बच्चे भारत एक बार जीता है ठीक है साइंस से हो गया आपका पॉलिटी से प्यारे बच्चे आपका दो क्वेश्चन का आप ये एक बैलेंस माने ठीक है इकोनॉमिक्स से आप प्यारे बच्चे इकोनॉमिक्स से आप प्यारे बच्चे दो क्वेश्चन का और करंट अफेयर्स से आपको प्यारे बच्चे कितने दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल दो दो चार तीन सात दो नौ दो ग्यारह ग्यारह और दो तेरह हो गए और पार्ट हमारा कौन सा बच गया आपका अब बचता है हमारा स्टेटिक जी तो याद रख लेना अब वेरियंट जो मिल सकता है आपको वो पॉलिटी में दो से तीन क्वेश्चन का और आपका इकोनॉमिक्स में दो से तीन क्वेश्चन का ठीक है बाकी करंट अफेयर्स दो से तीन क्वेश्चन का और बाकी बचता है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट जो सबसे ज्यादा एसएससी पूछ